जिस किसी ने भी बेइ्जत किया जिस किसी ने भी धोखा दिया है ना, जिस किसी ने भी हाथ छोड़ा जिस किसी ने भी इग्नोर किया उससे बदला लेंगे खुद से एक वादा कर लो आज की जितने हमारे मैसेजेप को अनसीन किया, एक दिन वो हमारी व्हाट्सएप डीपी पी देखने